जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप बहुत जल्द टूटकर दो हिस्सों में बंटने वाला है जी हाँ ये सुनकर आपको आश्चर्य जरूर हुआ होगा लेकिन ये बिल्कुल सच है आप लोग पेंजिया थ्योरी के बारे में तो जानते ही होंगे आज हमारी पृथ्वी जैसी दिखाई देती है पहले बिल्कुल वैसी नहीं थी सभी महाद्वीप पहले आपस में जुड़े हुए थे लेकिन बाद में ये सब टूट टूट अलग हो गए और अब यही प्रक्रिया अफ्रीका महाद्वीप के साथ ही हो रही है दरअसल इसकी वजह दो में अफ्रीका के इथियोपिया में आई साठ किलोमीटर लम्बी दरार है इस दरार के कारण अफ्रीका महाद्वीप की धरती दो अलग अलग हिस्सों में बट जो सुमाली और लुबियन प्लेट है 2005 में आई है ये दरार मात्र 10 दिनों में ही 8 मीटर तक चौड़ी हो गई थी और अभी भी इसकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार ये कोई आम प्रक्रिया नहीं है अगर ये प्रक्रिया जारी रहती है तो अफ्रीका महाद्वीप दो हिस्सों में बंट जाएगा और एक नया महासागर का जन्म होगा